सो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप साहब आयोपे योगे मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों देख सकते हो ये है गुल्ड आरआरटीएस स्टेशन और इसकी देख सकते हो जो इसका डिजाइन है साइडों का वो कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में दोस्तों और अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेजी के साथ में देखो ये जो टीन लगा रखी है इसको ऊपर से चढ़ने उतरने के लिए बनाया जा रहा है एग्जिट पॉइंट के लिए और इधर देखो ये सेटरिंग लगाई जा रही है साइडों में और इसका जो डिजाइन है वो देख सकते हो कि कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में दोस्तों और आपको बता दूं कि अंदर का इसमें है परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है और जो इसका यह है जो एंट्री एग्जिट पॉइंट उसके ऊपर जो टीम सेट बनाया जा रहा है उसके ऊपर रूफ टॉप का काम किया जा रहा है दोस्तों आधा ही बचा और आपको बता दूं जो स्टेयर है उनका पत्थर लगाने का काम भी हो चुका है और इसमें एस्केलेटर भी लगा दिया जा चुका है इस पर अब दूसरी साइड का अभी नहीं बना है उधर भी बनाया जाएगा तो अभी टाइम लगेगा दोस्तों और आपको बता दो कि इस पर गुल्डर के स्टेशन पर तस्वीरें देख सकते हो व्यू कितना सुंदर आ रहा है कि साइडों में ये लगाया जा रहा है तो इसकी और भी सुंदरता बढ़ जाती है दोस्तों देख है। आज मैं आप सभी को इसी वीडियो में गुल्ढन स्टेशन से लेकर दोहाई स्टेशन के बीच का जो व्यू है वो दिखाने वाला हूं तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें यहां पर जो फ्लोरिंग किया गया था उसकी सेटरिंग को उतारा जा रहा है दोस्तों और साइडों में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बनाए जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ में दोस्तों और देख सकते हो आगे तस्वीरें के किचरिंग को भी उतारा जा रहा है और दूसरा ये यहाँ पर वर्क चल रहा है देख सकते हो तस्वीरें और ये वर्क चल रहा है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बनाने का दोस्तों ये देख सकते हो उसके पिलर को ये स्टैंड किया जा रहा है और दूसरी बात इसके ये देख सकते हो ये पियर कैप का काम भी चलने लगा है ये देख सकते हो तस्वीर है तो ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बनाया जा रहा है इधर में और दूसरी साइड में भी बनाया जा रहा है एक तो इधर भी बनाया जा रहा है दूसरी साइड इधर भी बनाया जा रहा है ये देख सकते हो तो उसका भी पियर कैप का काम चल रहा है दोनों साइडों में देख सकते हो तस्वीरें कुछ ये वर्क चल रहा है यहाँ पर दोहाई के स्टेशन पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बनाया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों ये देखो काम चल रहा है यहाँ पर तेजी के, लागा। लागा। के साथ में ये देखो कुछ ऐसा ये वर्क चल रहा है यहाँ पर दोहाई के स्टेशन पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है उसका ये पिलर का ये पिलर खड़े कर दिए हैं भर दिए और इन पर आप पी आर का काम भी किया जाएगा और उधर बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों देख सकते हो और ये लगाए जा रहे हैं पत्थर ये ऊपर प्लेटफार्म पर ये देखो यहाँ से जोड़ा जाएगा और दूसरा वो उधर की साइड में बनाया जा रहा है ये देखो अब इन पर पियर कैब का काम किया जा रहा है दोस्तों और ऐसे ही चल रहा है आगे तो आगे भी चल के दिखाते हैं आप लोगों को तो फिर आप लोगों को दिखाई देगा तो अभी जहां जिधर देखेंगे उधर ही एक कंस्ट्रक्शन पार्क चल रहा है अभी दुहाई के स्टेशन पर दोस्तों देख सकते हो और ये है इसमें इस स्क्रीन डोर्स प्लेटफार्म स्क्रीन डोर्स ये आ रहे हैं ट्रकों में और यहाँ पर अभी स्टैंड किए जा रहे हैं जो लगाए जा रहे हैं स्क्रीन डोर्स ये देखो तस्वीरें तो ये दोहाई स्टेशन का ही वर्क है और आगे भी आपको दिखाते हैं कि जो चौथा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उस पर अभी कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है वो भी आप लोग देख लो क्योंकि ये इसका तो ये बॉक वे जोड़ दिया है यहाँ प्लेट से प्लेटफॉर्म से एंट्री एग्जिट पॉइंट का है देखो वो जोड़ दिया और आपके बता दूं कि इस साइड में यहाँ पर बनाया जाएगा चौथा एंट्री और एग्जिट पॉइंट इस जगह पर बनाया जाएगा यहाँ पर तो मिट्टी की खुदाई चल रही है देख सकते हो यहाँ पर बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट और चौथा ये देख सकते हो ये यहाँ पर इन्होंने आपको बता दू एक्सीटर तो इसमें लगा दिया उसी का बर्क चल रहा है इस चौथे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने पे बनाने का जो बर्क है वो चल रहा है दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीरें और आपको बता दें इस पर यह सन रूप लगाने का काम चल रहा है रूफ टॉप का, का काम चल रहा है अभी ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों और उसमें अभी पत्थर लगाया जा रहा है जो कौन कौन लेवल है उस पर पत्थर लगाया जा रहा है दुआई के स्टेशन पर दोस्तों आपको लौटते में भी दिखाएंगे कि उधर का क्या सीन है और फिर आप लोग बताना और देख सकते हो दोस्तों नजारे देखो क्या सीन है यहाँ का दोस्तों तो आपको आगे से तो घुमा के लाते हैं और फिर आप लोग बताना तो चलते हैं वहीं पे अलग अलग हो जाती हैं दोस्तों इस दुआई के स्टेशन से एक तो चली जाती है दुहाई डिपो के लिए लेफ्ट वाली ये लेफ्ट वाला चला जाता है दुहाई डिपो के लिए इस पर बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरी ये मेन लाइन है ये राइट वाली ये चली जाती है सीधी मेरठ के लिए दोस्तों मेरठ के मोदी पुरम तक जाएगी ये लास्ट में और क्रेन मशीन देख सकते हो यहाँ पर ये क्रैन मथीन खड़ी हुई है दोस्तों जो कि इनका अब काम कम्प्लीट सही हो चुका है दोहाई के स्टेशन पर देखो ये दवाई स्टेशन के लिए चला जाता है दवाई डिपो के लिए अंदर और दोहाई का स्टेशन भी है और ये आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि हमारे एन का गोल चक्कर है और उसको क्रॉस कर रही है ये आर जब इसका ये ब्रिज बना था तब मैंने आपके बीच में वीडियो बनाई थे दोस्तों तो आप लोग बता देना तो आगे से घूम के फिर आप लोगों को दिखाते हैं हटाए जा रहे हैं क्योंकि काम यहाँ कंप्लीट सही हो चुका है तो इसको हटाने का काम चल रहा है ये देख सकते हो लेबिल किया जा रहा है और सामने से पड़ रहा है सूरज तो एक बार आपको आगे से चल के दिखा देते हैं ये देख सकते हो और आपको दोनों साइड से मैं दिखा देता हूं क्लियर करके के जो नीचे का वर्क है वो तो कम्प्लीट था हो चुका है जो भी अब वर्क बचा है इस दुहाई के स्टेशन पर वो सारा ऊपर का ही है और ऊपर का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को लाइक करो वीडियोज को ज्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताओ ज़्यादा से ज्यादा लाइक करोगे इस वीडियो पर तो मैं ऊपर का आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा दोस्तों दुहाई स्टेशन का आर आर का जो दुहाई स्टेशन है उसका मैं दिखाऊंगा उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है तो आप लोगों को ज्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में लाइक करने होंगे लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ऊपर का वीडियो देखना है या नहीं देखना है अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और कॉमेंट किए तो मैं पक्का आप लोगों को ऊपर दोहाई स्टेशन का वीडियो बनाकर दिखा दूंगा दोस्तों देखो नीचे का सारा काम बिल्कुल कम्प्लीट सही हो चुका है अब जो भी वर्क चल रहा है वो दुवाहाई के स्टेशन पर चल रहा है और उस पर रूफ टॉप बनाने का काम चल रहा है अभी जो इसका रूफ टॉप है वो लगाया जा रहा है ऊपर दुहाई के स्टेशन पर और इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को अब देखने के लिए मिलेगा तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और फिर आप सभी बताना दोस्तों तो देख सकते हो ये एक्सीटर अभी ये भी रखे हुए हैं इधर भी तो इधर का देख सकते हो ये है एंट्री और एग्जिट पॉइंट जिस जिसपे एक्सीटर लगा दिया जा चुका है उसकी सेटिंग अभी की जा रही है और ये रूप है ये फुटओवर फुटओवर ब्रिज भी ये देखो स्टेशन से जोड़ दिया इन्होंने ये देख सकते हो तस्वीर है कुछ ये सीन है यहाँ पर दोहाई स्टेशन का और इसके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसको अभी बनाया जा रहा है कंप्लीट किया जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर ये यह, प्लास्टर भी किया जा रहा है दोस्तों देखो ये एक्सकिलेटर के अंदर ये बरकर इसमें लगे हुए हैं जो टीम है वो लगी हुई है दोस्तों ये खोले जाएंगे इस तरीके से ये एक्सीटर लगा दी गई है और उसके साइड में ही है स्टेयर दोस्तों स्टेय स्टेयर भी हैं उसके साइड में तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा चलिए मैं आप आगे वाला दिखा देते हैं कि आगे वाले पे क्या कुछ वर्क चल रहा है देख सकते है इसकी सेटरिंग को हटाया जा रहा है अब ये बॉक वे तो बन गया और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो ये चल रहा है अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारे प्लर को स्टैंड किया जा रहा है अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखो ये है कुछ और इसके देखो प्लर कैप बनाए जा रहे हैं ये देखो पीयर कैप की सेटरिंग लगा दी इन्होंने और बाकी के पलर ये स्टैंड अभी किए जा रहे हैं इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है दोस्तों तो यही था आज का सीन और इधर भी देख लो इधर अभी ये कड्डा किया जा रहा है जे द्वारा इसके अंदर देखो यहाँ पर भी ये प्लर स्टैंड किया जाना है दोस्तों तो यही वर्क था तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो कमेंट करो खराब लगा हो फिर भी कमेंट करो तो यही चल रहा है अभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का बाकी तो सारा काम कंप्लीट सही हो चुका है दोस्तों इस दुआई के स्टेशन पर तो चलते हैं अब तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा जाद से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों दुबई दोहाई का स्टेशन दिखाने के बाद में मैं फिर से ही आ चुका हूं गुलडार के स्टेशन पर तो देख सकते हो तस्वीरें और वो टीम लगी हुई है इसको काम करने में और इसका अभी जो बता दूं आपको कि ऊपर का जो काम है वो तो कंप्लीट सही हो चुका है और आपको बता दूं दोस्तों कि जो इसका कौन कौन सा लेबल और प्लेट प्लेटफॉर्म प्लेट लेवल का काम है उस पर जो पत्थर लगाने का काम है वो किया जा रहा है इस पर और आपको बता दूँ कि इस पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन रोड तो लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों और ये आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा ये है एंट्री और एग्जिट पॉइंट और देखिए यहाँ पर यह एक्सीटर आए हैं ट्रक में ये देखो ये भी स्टैंड किए जाएंगे इस पे गुलडर के स्टेशन पर दोस्तों और देख सकते हो ये इस तरीके से बनाया है ये यहाँ पर बनाया गया दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गायित मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ